नमस्कार दोस्तों यूँ तो देश में शिव भगवान के कई मंदिर हैं जिसके दर्शन करने हेतु हर साल लाखों श्रद्धांजलु पहुँचते हैं इसी क्रम में बीते फरवरी यानी महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की 112 फुट ऊँची मूर्ति का अनावरण किया गया था आपको बता दें कि हाल ही में इस मूर्ति को आदि योगी की गिनी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर दिया गया है गौरतलब है कि इस प्रतिमा को ईसा योग फाउंडेशन ने स्थापित किया है अब गनीज वोक ने अपनी इसमें कहा गया है कि ईसा योग फाउंडेशन की ओर से तमिलनाडु के क्वेम मृत्यूर से स्थापित प्रतिमा में विशाल वृक्ष के कारण रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है बता दें कि इस प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चौबीस फरवरी को किया था कहाँ स्थित है भगवान शिव की यह मूर्ति तमिलनाडु के क्वेम क्यूर में स्थित बिल्लिंगरी के पहाड़ियों की तल हटी में स्थित है दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति इस मूर्ति का निर्माण ईसा योग फाउंडेशन द्वारा किया गया है यह यह दुनिया की सबसे बड़ी से मूर्ति है 500 टन स्टील इस इसे बनने में 500 टन बजंग के स्टील का प्रयोग किया गया है ढाई साल में बना डिजाइन इस विशाल कृति का डिज़ाइन तैयार करने में ढाई साल का समय लगा जबकि इसे बनने में आठ महीने की कड़ी मेहनत है ऊंचाई को लेकर खास वजह शिव की इस मूर्ति का जहां धार में और आध्यात्मिक महत्व है वहीं इसका जामतीय महत्व भी है इसकी ऊंचाई 112 फुट रखने के पीछे भी एक खास वजह है दरअसल शिव ने आदि योगी रूप में मुक्ति के एक मार्ग बताए नंदी की मूर्ति है खास इस आधार पर इसकी ऊंचाई रखी गई है इसे एक खास तरीके से बनाया गया है शिव के वाहन नंदी को बनाने के लिए महज छः से 9 इंच की धातु टुकड़ों का प्रयोग किया गया है। इस प्रतिमा को तिल के बीच हल्दी भस्म और रेत मिट्टी भरकर इसे बनाया गया